राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बिलहरा में सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों के खाते में 10 करोड़ की राशि डाली इस दौरान उन्होंने कहा सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में 25 वर्ष पहले ना तो सड़कें थी ना बिजली और न ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल था जिसके कारण सुर्खी विधानसभा क्षेत्र अविकसित और पिछड़ा हुआ था उन्होंने कहा मैं भी अपनी जीप में तस्ला और फावड़ा गैती लेकर चलता था लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं राजपूत ने कहा सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में मेरा मन और मेरी आत्मा बसती है राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ विकास कार्य चल रहे हैं लेकिन अतीत के पन्ने पलट कर देखें तो हमें विकास कार्यों का महत्व तो पता चलेगा राजपूत ने कहा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आज से पच्चीस वर्ष पहले ना तो सड़कें थी न ही बिजली और न ही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल थे जिसके कारण सुर्खी विधानसभा क्षेत्र अविकसित तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में गिना जाता था मैं भी अपनी जीप में तसला और फावड़ा गैती लेकर चलता था कई जगहों पर जीप नहीं जा पाती थी तो सड़कों की खुदाई कर आगे बढ़ते थे लेकिन अब सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में पक्की सड़कें बच्चों के लिए स्कूल हर घर में बिजली सहित शहर जैसी व्यवस्थाएं आप सब के आशीर्वाद से मैंने जुटाई है हमारा सुर्खी अब विकासशील और विकसित क्षेत्रों में शामिल हो गया है वहाँ खातों में लक्ष्मी जी आप दिवाली की शुभकामनाएं आने वाले ग्य की शुभकामनाएं अच्छे पक्के के मकान में रहो और जो रह गए हैं उनके ही बने हम करें एक ने एक ने और अल्लाह बांटे चीन चीन के नहीं सबको दे रहे हैं कोई भी समाज का हो कोई है सबके मकान बनना चाहिए यह राजपूत ने कहा विकास करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है भाजपा की विकास करने की नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण भारत में तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मेहनत से प्रदेश के हर गरीब का पक्का मकान बनने जा रहा है हमारे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हर पात्र हितग्राही का पक्का मकान होगा हितग्राही के खातों में 10 करोड़ रुपए की राशि डाल दी है जल्दी ही अपने सुंदर मकान का आप लोग काम लगाए उन्होंने कहा क्षेत्र के विकास के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि हमारा क्षेत्र भी शहरों की तरह सुख सुविधा वाला क्षेत्र बन जाए इस दौरान राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बिलहारा में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया छात्र छात्राओं के लिए साइकिल वितरित कर गोविंद सिंह राजपूत ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के लिए प्रमाण पत्र किसान सम्मान निधि के प्रमाण पत्र वितरित करते हुए साहू धर्मशाला के लिए पंद्रह लाख ,00 ,00 की राशि स्वीकृत की